देखिए यही यकीन था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया याद कीजिए सामने समंदर आ गया है कौम देखती है पीछे गर्द व का तूफान है मालूम हुआ कि फिरौन अपने लश्कर समेत आ गया है लश्कर जब चलता था तेज रफ्तारी के साथ तो गर्द व का जो तूफान उठता था उसका तस्वूर कीजिए और लम्हा बम्हा वो करीब आ रहा है पूरी कौम ने क्या कहा एमूसा इंदाला मुद्रकून एमूसा तो पकड़े गए कुरान मजीद ने तो यहां वो बातें नहीं लिखी है लेकिन तोरात में ये दर्ज है कि बनी झगड़ने लगे दस तो करीबान हो गए मूसा के साथ मूसा हमें यहां मरवाया लाकर इससे तो हम हमें बेहतर थे वहां खाने को मिलता था जिंदगी तो थी बेगाड़ हम कर रहे थे मौत तो नहीं थी अब जो कुछ होगा उसका तस्वूर करो जिस तरीके से हमारे टुकड़े उड़ाए जाएंगे तो लड़ रहे हैं हजरत मूसा यह दौरान की तरसील है में सिर्फ इतना आया है परेशान होकर उन्होंने कहा इन आला बुदरकून मुसा तो पकड़े गए उस वक्त मुसा का जवाब क्या है नहीं। मेरे साथ मेरा रब है वो रास्ता देगा बताइए कहां रास्ता नजर आ रहा है यह है ईमान बिल गैब रास्ता नजर ना आए तब अल्लाह पर यकीन ईमान है जेब में पैसे हो और तब दिल को इत्मीनान है तो ईमान किस पर हुआ पैसे पर अल्लाह पर नहीं जब वसायलो जराए ना हो और फिर यकीन हो कि अल्लाह मुसह बेबुल है वो इस्बाब का पाबंद नहीं है वो इसबाब का मोहताज नहीं है इसबाब उसके मोहताज है अगर ये यकीन है तो अल्लाह पर ईमान है ये नहीं है तो तुम्हारा ईमान असबाब पर है वसाइल पर है जराये पर है पर है, अल्लाह पर नहीं उस वक्त कहा रास्ता था तो रास्ता था समंदर है और उधर से लश्कर आ गया है सयादी अब देखिए ईमान कह देना आसान है हुआ मा तुम है नाकुन जहां कहीं भी तुम होते हो अल्लाह तुम्हारे साथ होता है लेकिन इसका यकीन कायम हो जाए तो ज़मीन और आसमान का फर्क वाकई हो जाए